हाय गेज़ वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीरियल आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब व्यूज़ के बारे में बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे पहले बता दूं किन लोगों के लिए उन लोगों के लिए दो टाइप के लोगों के लिए सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में व्यूज़ ही नहीं आ रहे ठीक है ठीके? और दूसरा उन टाइप उन टाइप के लोगों के लिए जिन्होंने चैनल तो स्टार्ट कर चुका है वीडियोज़ भी बहुत सारी डाल चुके हैं लेकिन सब सही चल रहा है लेकिन उनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे तो अगर आप उनमें से एक हो तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहें वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अब यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मेरा खुद का ट्रैफिक जो मेरे व्यूज आते हैं वो कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं उस हिसाब से आप लोग आगे वीडियो में समझोग यह वीडियो काफी हद तक प्रैक्टिकल होने वाली है ठीक है तो यहाँ पर बात करें अगर मेरे एनलिटिक्स के अंदर इसी चैनल के एनालिटिक्स तो इंप्रेशन की बात करें ट्वेंटी मिलियन इंप्रेशन क्लिक थ्रू एट की बात करें फाइव व्यूज की बात करें वन मिलियन और बाकी चीज़ आप देख सकते हो तो यहाँ पर लेकिन सबसे पहली चीज़ सबसे मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो है मेरा ट्रैफिक सोर्स इस पर आप लोग जरा ध्यान दो यहाँ ट्रैफिक सोर्स लिखा है इसमें कुछ नज़र आ रहा है, है हमको यूट्यूब सर्च ब्राउज फीचर्स सजेस्टेड वीडियोज़ और अदर यूट्यूब फीचर्स ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो यूट्यूब सर्च यहाँ से मेरा आ रहा है फोटी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट मान लो इसको ऐसे फिफ्टी एक रफ लेके चलो फिफ्टी ट्रैफिक मेरा यहीं से आ रहा है मतलब कितने व्यूज़ आ रखे हैं 1.5 मिलियन व्यूज़ आ र के और 50 मिलियन जो सॉरी सॉरी 50 परसेंट जो व्यूज़ हैं वो यहां से आ रही मैं साढ़े सात सात मिलियन के सेवन हंड्रेड सा, के सात लाख के आसपास जो व्यूज़ हैं वो आ र के मेरे YouTube सर्च के थ्रू तो YouTube सर्च क्या अगर इसके ऊपर बात की YouTube सर्च वो है जब आप लोग YouTube पर कुछ सर्च करते हो और आपको कुछ रिजल्ट मिलते हैं कुछ वीडियो सामने आती है और उनमें से अगर आपकी वीडियो है वो और उस पर क्लिक करते हैं लोग तो वो जो काउंट होगा जो ट्रैफिक सोर्स काउंट होगा वो YouTube सर्च का ट्रैफिक सोर्स काउंट होगा ठीक है तो वो यूट्यूब सर्च होता आप लोग समझ चुके होंगे अब कैसे आपको लेने यूट्यूब सर्च के थ्रू ट्रैफिक कैसे लेना है मैं कैसे लेता हूँ वो शेयर करता हूँ इसके बाद और चीज़ों पर भी आगे बढ़ेंगे तो यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक लेने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है वो है कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड रिसर्च क्या अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बाकी मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो मैंने ही क्रिएट करिए उसको वॉच कर सकते हो अब यहाँ पर बात करें यूट्यूब एनालिटिक्स अब मैं यहाँ पर रिस, रिसेंट वीडियोस की अगर मैं बात करूँ हाउ टू अपलोड हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूबूबू ये एक कीवर्ड है की वो चीज़ होती है जो लोग सर्च करते चाहे वो यूट्यूब पर सर्च करें चाहे वो गूगल पर सर्च करे जहाँ पर भी सर्च इंजन पर सर्च हो रहा है वो एक कीवर्ड रिसर्च है ये यूट्यूब पर सर्च करा जा रहा है हाउ टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब मैंने इसके बाद वीडियो बना रखी मैंने इस की को टारगेट कर रखा है कैसे पता चलेगा मुझे कि हाँ इसे लोग सर्च कर रहे हैं और मुझे इसको टारगेटेटेटेटेट करना है मैंने कैसे पता लगाया है वो आपको पता लगाना है ऐसे करके एक फ्री तरीका सबसे पहले है, जैसे मैंने डाला हाउ टू तो अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब मैंने ये टाइटल डाल रखा अब अगर इस पर क्लिक करें अब यहाँ पर बात करें राइट साइड में मेरे काफी सारी डिटेल्स मेरे को जानने को मिल रही है ये कैसे मिल रही है विड आई क्यू एक प्लगिन है आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ना आपकी काफी हेल्प करेगा फ्री है काफी हद तक का, आप पेड वर्जन भी ले सकते हो लेकिन फ्री यूज कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर बात करिए यहाँ पर शो कर रहे वॉल्यूम कितना रहा है सिक्सटी नाइन दिखा रहा है स्कोर है इसका वो देख सकते हो आप लोग कॉम्पिटिशन कितना है ज्यादा है कॉम्पिटिशन मीडियम है अगर आपका एक छोटा चैनल है तो इस पर बड़ा चैनल है जहां पर व्यूज आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं तो इस पर टार्ग करते हो सर्च कर रहे हैं और आपकी यहां पर रैंक करेगी जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो यहाँ पर अगर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है चांदी चांदी आपकी लाइफ टाइम व्यूज है आपके तो मेरे चैनल पर जितने फिफ्टी परसेंट व्यूज आते हैं वो इसी तरीके के थ्रू आते हैं मैं अपनी वीडियो रैंक कराता हूँ उसी पर फोकस करता हूँ अच्छे से की सर्च करता हूँ रैंक जाने के बाद लोग सर्च करते हैं उस पर जो जो भी सर्चेस आते हैं वहां पर मेरी उनको वीडियो मिलती है उस पर क्लिक करके और मुझको व्यूज मिलते हैं सब्सक्राइबर्स मिलते हैं पैसे मिलते हैं ये तरीका है अब ये तो था फ्री तरीका अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के की ऊपर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेड आईक्यू का आप पेड ले सकते हो यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ जैसे मैं कीवर्ड वर्ड रिसर्च ओपन कर रखा है मैंने अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है हाउ टू गेट व्यूज ऑन यू जो इस वीडियो का टाइटल होने वाला है वही मैंने सर्च कर रखा है यहाँ पर ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है हाउ टू गेट व्यूज ऑन यू फास्ट थर्टीन लोग सर्च कर रहे हैं वॉल्यू कितना थर्टी हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यू ट्यूब थ्री लैक लोग सर्च कर रहे हैं मैं इसी को टारगेट करने वाला हूँ और मीडियम भी है मेरा चैनल रैंक कर सकते हैं मेरी वीडियो रैंक कर सकते हैं और मेरे को व्यूज मिलेंगे इस वीडियो पर जो आप वॉच कर रहे हो ठीक है तो ये कीवर्ड रिसर्च आते हैं दूसरी चीज के ऊपर वो क्या है अलग अलग टाइप के चैनल होते हैं टाइटल क्या मतलब अब यहाँ पर टाइटल एंड थंबनेल का क्या मतलब है आप लोगों को स्टोरी क्रिएट करनी है अपने टाइटल एंड के थ्रू and... मतलब जो बंदा उसको देखे एक बार उसके सामने आए उसके फीड पर आए यूट्यूब पर उसको पता चले कि ये चीज क्या है मैं इस पर क्यों क्लिक करूं अब यहां पर सिंपल चीज बताऊं यहां पर लिख रहा है मैं एक भी कोई भी वीडियो पकड़ लेते हैं ठीक है यहां पर लिख रखा है मैं शुडियो स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है ये मेरा टाइटल है बंदा टाइटल परेगा उसके बाद थंबनेल देखता है अगर 2021 थाउजेंड क्वेश्चन मार्क लिख रखा है यहां पर उसके बाद यस या नो एक में यस में ऐसा कर रखा है और नो में ऐसा कर रखा है ठीक है तो एक स्टोरी क्रिएट हो रही है उसको पता चल रहा है हाँ ये वीडियो किस बारे में क्या मुझे ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी नहीं देखनी होगी स्वाइप कर देगा नीचे चले जाएगा देखनी होगी तो क्लिक करेगा और वीडियो वॉच करेगा ऑडियंस टेंशन अच्छा जाएगा अगर वीडियो अच्छी होगी क्लिक थोरट पड़ेगा क्लिक करने पर तो ये कुछ चीजें ठीक है थीके? और बाकी आप लोग ये देख सकते हो और अगर आप लोगों को इसको और बेटर तरीके से जानना है कि कैसे करना है करंट लग गया थोड़ा सा तो उन लोगों को देखो जो ऑलरेडी आपकी कैटेगरी में जिस कैटेगरी पे आपका चैनल है वहां पे जो टॉप पर है उनका देखो वो कैसे क्रिएट करते हैं अपनी स्टोरी यहां पर ब्लॉगर्स का बताऊं मुंबई का निखिल पॉपुलर ब्लॉगर ठीक है क्या सच में शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है थपनेल देखो पीछे कौन है फाइव आगे कौन है मुंबई के निकल तो ठीक है देखने से भी लग रहा है हाँ कि कुछ ऐसी चीज है ऐसी चीज है मतलब एक स्टोरी क्रिएट करो देखने वाले की नजर में ठीक है उसको लगना चाहिए कि हाँ है। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है ऐसा लगना चाहिए उसे ठीक है तो ये टाइटल एंड थंबनेल और टाइटे थम नेल इंप्रूव करो ये तो सिंपल सी बात है कि हर कोई बोलता है हर वीडियो मैंने भी बहुत बार बोला टाइटल एंड थंबनेल ने इंप्रूव करो अगर थमनेल इंप्रूव करना चाहते हो वीडियो एड कर दूँगा उसको वॉच कर सकते हो कि अच्छे थमनेल प्रोफेशनल थम कैसे बनाना है आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ कैनवा जो बहुत ईजी एंड फ्री है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं टाइटन थंबनेल के बाद अब यहाँ पर जो तीसरी चीज आती है वो है हमारी वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी आप ये वीडियो देख रहे हो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हो अच्छी लग रही हो अगर स्मार्टफोन में देख रहे हो डेफिनेटली अच्छी लग रही होगी अगर हाई क्वालिटी में देख रहे हो और भी अच्छी लग रही होगी ठीक है अब ये क्यों अच्छी लग रही है क्योंकि मैं डीएसआर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है स्मार्टफोन की जगह एक डी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पे लाइटिंग अच्छी है माइक्रोफोन भी अच्छा है जरूरी नहीं है आपके पास स्टार्टिंग से ये सब चीजें हों लेकिन कोशिश करो सही चीज़ पर इन्वेस्ट करने की जितना भी पैसा है फाइव हंड्रेड भी है ना सही चीज़ पर इन्वेस्ट करो अभी मैं बताता हूँ एक चीज़ ज़रूरी नहीं है आपके पास डीएसएलआर हो स्मार्टफोन से कर सकते हो लेकिन उससे पहले एक चीज़ जरूर ध्यान रखना अगर डीएसएलआर पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर डालो अगर स्मार्टफोन पर ही बनानी है डीएसए आर नहीं कर सकते एक लाइटिंग अच्छी ले लो लाइटिंग अच्छी बना लो या फिर डी लाइट बनाओ कुछ भी करो लेकिन लाइटिंग अच्छी लो अगर मेरी लाइटिंग ना हो इसके बदले अगर मैं कमरे की लाइट यूज़ करूँ तो अभी बताता हूँ कैसी क्वालिटी आई है अभी बताता हूँ अभी जो लाइट यूज़ हो रही है वो हमारे रूम की लाइट यूज़ हो रही है और आप लोगों को पता चल रहा होगा कितनी भद्दी क्वालिटी आ रही है कितनी गंदी क्वालिटी और ये देखने लायक नहीं होगा शायद मैं पूरा ब्लैक आ रहा हूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भैया यार इतनी गंदी क्वालिटी आ रही है आ भी भी आ इतनी, इतनी ज़रूरी है लाइटिंग ठीक है इतनी ज़रूरी इतनी ज़रूरी है अभी ऐसे ऑन कर रूम की लाइट बंद करूँगा तब वही वाला फीर आने वाला है तो ये फ़र्क पड़ता है एक सही इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करने से चाहता तो मैं एक अच्छे कैमरे पर इन्वेस्ट करता लेकिन लाइट नहीं होती तो कैमरा किस काम का था कुछ काम का नहीं है तो ठीक है लाइटिंग पे इन्वेस्ट करो सही चीजों पे इन्वेस्ट करो अगर आपको डीएसएल परचेज कर सकते हो तो करो माइक परचेज कर सकते हो अच्छा तो करो पैसे हैं अगर आप लोगों को जानना है कि आपके बजट के अंदर क्या चीज सकती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें एड कर दूंगा बजट के हिसाब से आपके एक लेपल माइक एड कर दूंगा बोया वीवे वन माइक जरूर सजेस्ट करूंगा माइक्रोफोन की अगर बात करिए माइक्रोफो ना हो तो अगर आप रॉ ऑडियो सुनना चाहते हो तो अब सुनो कैसी ऑडियो आ रही है डैगे में डी के थ्रू घटिया ऑडियो आ रही होगी एकदम नहीं सुन सकता कोई इसको पूरी पांच पांच दस मिनट की वीडियो में कोई भी नहीं सुन सकता आप भी नहीं सुनोगे दस मिनट के अंदर दस सेकंड के अंदर भाग जाओगे तो ये कुछ चीजें डीएसएलआर या स्मार्टफोन में से एक यूज करो ठीक है तो स्मार्टफोन से भी काम चल सकता है ज़रूरी डीएसआर आर परचेज करना है लेकिन लाइटिंग पे ध्यान दो और उसके बाद माइक्रोफोन माइक्रोफोन भी चल जाएगा हंड्रेड वन का लेकिन इंटरनल माइक्रोफोन बिल्कुल यूज मत करना मेरे अब आता है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट जो है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट ऐसाउंस कर रहा हूं मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अब आता है हम लोगों का फोर्थ पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से सामने आने लोगों के जो आप लोगों को देख रहे हैं उनको लगना चाहिए हां जिसको मैं देख रहा हूं ये एक प्रोफेशनल बंदा है या फिर जो भी है अच्छा बंदा है का है जो चीज मैं देख रहा हूं सही चीज देख रहा हूं ऐसा लगना चाहिए मतलब ठीक है अब ये कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल रहो प्रैक्टिकल चीज़ें बात करो फालतू की बातें मत करो काम करो जैसे मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम कर रहा हूँ आप लोगों को मैंने स्टैट्स दिखाया अपने चीज़ें कैसे काम करती है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ठीक है जैसे हवा में बातें नहीं करनी है अब उसके अलावा स्टार्टिंग में आप यही कर सकते हो कि आप कॉन्टेंट क्रिएट करते रहो वीडियोज़ क्रिएट करते रहो डालते रहो पब्लिश करते रहो और उसके धीरे धीरे साथ साथ इम्प्रूव होता रहेगा अपना आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करोगे ये चीज़ एकदम से नहीं होने वाली है तो क्रिएट करते रहो ऐसा मत सोचो स्टार्टिंग में ही दो चार पाँच वीडियो डाली और यूज़ नहीं आ रहे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है, point. Point के बंद कर दो वीडियो, ऐसा, होता है। अब आपको ऐसा नहीं होना है आपको क्या करना है सीधे पॉइंट पर आना है जो अपने, अपने थमनेल में दिया है उसी चीज की तरफ वीडियो में जाओ या तो धीरे धीरे करके बिल्डअप करो एक ऐसे जो मतलब मान लो धीरे धीरे करके आप ऊपर जा रहे हो फिर उसको सस्पेंस के साथ नीचे लाओ ठीक है ऐसा नहीं कि प्लेन जा रहा है ये वीडियो चल रही है सीधी सीधे एंड में आके वो चीज़ बता रहे हो आप लोग वीडियो के कि हाँ जो मैं टाइटल थंबनेल में दिया था वो एंड में मिल रहा है आपके नौवे मिनट में 10 मिनट की वीडियो तो ऐसा नहीं करना है धीरे कर धीरे के बिल्डअप करना इंपॉर्टेंट चीज रखो वीडियो में हो सके तो एडिटिंग में सारा कट मार दो चाहे आपने जो फालतू फालतू बोले स्टार्टिंग में यानी बहुत कट मारे हैं एडिटिंग में बहुत फालतू निकलता था मुझे स्टार्टिंग में सबके निकलता है कॉमन है तो कोशिश यही करो लोगों का टाइम बर्बाद मत करो ज़्यादा गेट टू द पॉइंट पॉइंट पर आओ जो वीडियो आपने जिस टॉपिक के ऊपर बनाई है जिस वजह से बनाई है जिन लोगों के लिए बनाई है, उसी तक स्टिक रहो फालतू की बातें मत करो कि ये हो गया आज मैंने ये खाया था मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहो लोग बोर हो जाते हैं कुछ टाइम बात सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी होती है जो अच्छे होते हैं बोर ना करने में तो ये हमारी सारी चीजें ये हमारे पांच पॉइंट इन पर अगर आप लोग काम करोगे तो आपका क्या इंप्रूव होगा सबसे पहले आप इंप्रूव होगे दूसरी चीज़ आपकी वीडियोस इंप्रूव होगी तीसरी चीज आपका ऑडियंस रिटेंशन आपका कंटेंट इंप्रूव होगा जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा लोग पसंद करेंगे ठीक है अब यहां पर जो चौथी चीज इंप्रूव अगर आप टाइटल थम इस पर काम करते आपका सी बेटर होगा क्लिक थ्रेट ज्यादा लोग क्लिक करेंगे ऑडियंस रटेंशन भी अच्छा होगा वीडियो रैक भी करेगी चांदी ही चांदी है आपकी तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए होगी देखने का तो जरूर लाइक कर देना सारे सारी सब्सक्राइब भी कर देना और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर फॉलो कर लो पहली बार बोल रहा हूँ कर लो प्लीज।, प्लीज पहली बार आज जोड़ रहा हूं यार।